नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है दिनांक 10 अक्टूबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल हमारा चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि ना चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरें जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न ना चिंतित तो जब भी आप लोग राशिफल देखा करिए आपके ज्ञानार्जन के लिए बता दें कि जन्म राशि से ही देखा करिए यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस छोड़ दीजिए प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को आपकी जो है वास्तविक राशि हम अवगत दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और ये पांच अंग कौन कौन से हैं तो पहला अंग है तिथि दूसरा है वाद तीसरा है नक्षत्र चौथा है योग और पांचवा है कर तो देखिये दर्शको विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख्त संबत्त शुक्ल पक्ष की जो तिथि रहेगी दर्शकों आज द्वादशी तिथि रहेगी और परिधावी नामक संभत्सर चल रहा सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर सात मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर चालीस मिनट पर सूर्योदय सूर्यास्त राहु राहुकाल ये जितनी भी पंचांग की गणनाएं हैं लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है दर्शकों नक्षत्र रहेगा शतभिशा राहु का नक्षत्र इसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा तिथि जो है हमने आपको बता दिया कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी द्वादशी तिथि को कोई जो होता है इसको नहीं खाना चाहिए और जो लाल मसूर होती है इसका सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में हमारे मनाही है दर्शकों योग रहेगा गण दो मिनट तक की इसके उपरांत वृद्ध योग रहेगा गुरुवार दिन रहेगा करण रहेगा भव इसके उपरांत बाला और अंतिम करण जो रहेगा ये कौलव करण रहेगा चंद्रदेव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे सूर्य राशि जो रहेगी ये कन्या राशि रहेगी और सूर्य कालीन नक्षत्र जो रहेगा ये हस्त नक्षत्र रहेगा दर्शकों आज काल से हम नहीं शुरू करेंगे आज हम काल से शुरू करेंगे तो शाम छह बजकर आठ मिनट से सात बजकर छप्पन मिनट का समय काफी अच्छा रहेगा अमृतकाल का समय रहेगा आप लोग शुभ कार्यो को कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त सुबह ग्यारह बजकर तीस मिनट से बारह बजकर सोलह मिनट तक का रहेगा विजय मुहूर्त रहेगा एक बजकर उनचास मिनट से दो बजकर पैंतीस मिनट तक की तो मुहूर्त ही मुहूर्त है आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं अब बढ़ते हैं हम राहु काल की ओर तो राहु काल रहेगा दोपहर एक बजकर बीस मिनट से दो बजकर सैंतालीस मिनट तक चीज़ों को अवॉइड करिएगा कि इस कार्य में आप लोग जो है चीज़ों को मत करें इस समय में कोई शुभ चीज़ों को मत करें पूरे दिन आज पंचम भी रहेगा दर्शकों देखिए तो काफ़ी कुछ जो है स्थितियाँ प्रभावशाली नहीं रहेगी तो जो हमने समय बताया है उस समय में ही आप लोग करें क्योंकि गुरुवार दिन रहेगा दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा की ओर दिशा होता है दक्षिण दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो प्रयास ये करिएगा कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग दही का सेवन करके केसर का सेवन करके तब आप लोग यात्राओं पर निकलिए तो आपकी यात्राएँ सफल होंगी और सुखद होंगी दर्शकों तो राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि दिनांक 17, 18, 19 तारीख को नई दिल्ली में आगमन हो रहा है इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली से हैं तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे पर्सनली मिलकर के कराना चाहते हैं तो आप लोग अभी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आता है वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ने लगती है वृषभ राशि आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा वृषभ राशि के जातक हैं और व्यापार करते हैं कॉस्मेटिक चीज़ों का वाहन धंधों का ट्रेवल एजेंसी का तो खुश हो जाइए आज आपको अचानक से धन लाभ होगा घर में खुशियों का आगमन होगा आज आपकी व्यवहारिक प्रवृत्ति को देख करके लोग आपकी अनायासी प्रसन्नता करेंगे आज घर वालों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान पे आप लोग जा सकते हैं बड़ों के प्रति आज, आज आपका व्यवहार काफी अच्छा रहेगा सांसारिक भोगविलासता में आज आपकी रुचि रहेगी आज कोई वाहन इत्यादि भी आप लोग क्रय कर सकते हैं दर्शकों आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए काफी कुछ अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से, से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने राशिफल के नए एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार